अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम सराज शेख और आज का टॉपिक है कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग सी जो कि मार्केटिंग का बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है सी के अंदर क्या होता है आप नाम से ही पहचान सकते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग इसके अंदर हम कस्टमर्स के साथ सबसे पहले रिलेशनशिप्स बनाते हैं देन उसके बाद जब रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है तो उस रिलेशनशिप को हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं प्रोफिटेबल रिलेशनशिप मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट प्रोफिटेबल रिलेशनशिप बोथ पर्सन हमारे लिए भी कि हम सेलर्स हैं हम मार्केटर्स हैं और सामने वाले के लिए भी कि वो परचेज कर रहा हैं प्रोडक्ट को वह हमें पैसे देगा हमसे अपने फ़ायदे की चीज़ ले लेगा हम उससे पैसे लेंगे उसके फ़ायदे की प्रोडक्ट उसको प्रोवाइड कर देंगे तो कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग के अंदर हमें सबसे पहले तो रिलेशनशिप बनाना है फिर उसके बाद हमें उससे अच्छी अंडर, अंडरस्टैंडिंग करनी है इन द बेसिस ऑफ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स उसके साथ अच्छा बिहेवियर करना है उसको वो चीज़ ऑफ़र करनी है पहले उसको अंडरस्टैंड करना है फिर उसको वो चीज़ ऑफ़र करनी है जो उसको चाहिए अब हमारा फोर्स सपोज हाँ हम हाँ किसी नए बंदे से किसी नए क्लाइंट से मिले हैं चाहते हमें अपना सामान नहीं बेचना चाहते अपना चूरक नहीं बेचने शुरू कर देना आपने वो क्या होगा एक सेल्समैन बन जाओगे आप सेल्समैन क्या करता है ये तो करता है आया सर ये ले रहे नहीं ले रहे नहीं फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट नॉट वर्क लाइक अ सेल्स वर्क लाइक अ मार्केटर सबसे पहले आप रिसर्च करें कि उसको आपकी प्रोडक्ट चाहिए भी नहीं चाहिए आप उससे पहले अंडरस्टैंडिंग करें हो सकता है कि आप उसके पास गए हैं शैम्पू बेचने उसको शैम्पू की ज़रूरत ही ना हो उसको साबुन की ज़रूरत हो और अगर आप उसको समझ लेंगे हो सकता है कि आपकी कंपनी साबुन बनाती हो फिर आप उसको साबुन ऑफ़र करेंगे वो ठक्कर के आपसे ले लेगा साबुन लेकिन वो भी आपको जब बताएगा आपको जब बिठाएगा अपनी फीलिंग्स शेयर करेगा आपसे बात करने पैग्री होगा कि सबसे पहले आपकी नज़र में उसकी इज्जत हो या वो आपकी इज्जत करता हो इज़्ज़त कैसे करेगा पहले आप रिलेशनशिप्स बनेंगे हम पहले वाले पॉइंट पे आ जाते हैं मतलब आप मार्केटिंग को अगर आप सही से अंडरस्टैंड करेंगे या समझेंगे ना तो एक सर्किल है वो सर्किल ही एक दूसरे से पॉइंट कनेक्टेड है इंटरकनेक्टेड है सारे पॉइंट्स एक पॉइंट इससे मिल रहा है वन से मिल रहा है थ्री फोर से फोर फाइव से सिक्स मिल रहा है फिर वन से फिर इस तरीके से वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर इस तरीके से पूरी चेंज चलती रहती है अगेन एंड अगेन वही प्रोसेस होते रहते हैं तो कस्टमर रिलेशनशिप के अंदर हमें सबसे पहले कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप बनाना है फिर उसके साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी करनी है फिर उसके साथ अपने बारे में बताना है उसके बारे में सुनना है बोलना कम है सुनना ज़्यादा है और जब आप उसको सुन लेंगे उसकी समझ लेंगे कि वो क्या चाहता है किस तरीके का उसका बिहेवियर है उसकी फ़ैमिली किस तरीके से की है उसकी फैमिली रिक्वायरमेंट क्या है उसकी नीड्स क्या है उसकी प्रॉब्लम्स क्या है फिर आपको ख़ुद ही अंदाज़ा हो जाएगा हाँ मुझे इसके प्रोडक्ट ऑफर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए प्रोफेशनलिज्म में या फिर आप अगर बात करेंगे इंटरनेशनल वे पर या फिर अगर आप वैसे बात करें तो बड़े मार्केटर्स ये कहते हैं कि फर्स्ट मीटिंग के अंदर ही मीटिंग मेच्योर नहीं होती वो ये कहते हैं आपको क्लाइंट से सिक्स टू सेवन मीटिंग्स करनी पड़ती हैं देन उसके बाद वो मीटिंग मच्योर हो जाती है आपको पता चल जाता है कि आप इसको अपनी प्रोडक्ट ऑफर करोगे तो वो लेगा या नहीं लेगा आपको पता चल जाता है मुझे अपनी प्रोडक्ट इसको ऑफ़र करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए आपको पता चल जाता है कि मैं अपनी जो प्रोडक्ट इसको बेचने के लिए लेकर आया हूँ या मैं इसको बताऊं या नहीं बताऊं या फिर मैं इसको बताऊं फना प्रोडक्ट जो ये ले लेगा तो कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग सीआरएम आर एम बेसिकली यही है और उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट एक और मैं आपको लेता चलूं ये होता है कि दो तरीके के कस्टमर्स होते हैं या दो तरीके के क्लाइंट्स होते हैं मार्केटर्स के पास न एक होती है अपर मैनेजमेंट एक होती है लोअर मैनेजमेंट जिनसे आपकी इंट्रैक्शन होती है मीटिंग होती है अपर मैनेजमेंट के साथ आपने गैप रखना है और वो भी जान करके आपके साथ गैप रखते हैं कि मतलब गैप इस तरीके का तो होंगी बट रिस्पेक्टफुल होंगी आप उनके साथ बैठ के खाएंगे खाएं पिएंगे नहीं आप उनके साथ बैठ के हंसी मसा ज़्यादा नहीं करेंगे थोड़ा बहुत चलता है आप उनके साथ बैठ के पैसों के ट्रांजेक्शन करेंगे बट फॉर्मल मैनर्स में करेंगे आप उनके साथ बहुत सी चीज़ें शेयर्स करें रिलेशनशिप बनाएंगे बस ज़्यादा फ्री नहीं होंगे इतना फ्री कि, कि कल को आपको पेमेंट लेनी है उनसे तो वो बोले चल यार दोस्त है तू मेरा छोड़ यार रहने दे या बाद में दे दूंगा वो डिले करता रहेगा अगर ज़्यादा आप लोग क्लोज़ हो जाएंगे तो वो आपके लिए भी नुकसानदह है वो बदले के लिए जो ऑनर है कंपनी का उसके लिए भी नुकसानदेह है फिर हम आते हैं सेकेंड पॉइंट के ऊपर लोअर इस्टाफ के ऊपर या फिर जो लोअर कैटेगरी के हमारे कस्टमर्स या क्लाइंट्स होते हैं वो कौन होते हैं लोकल शॉपकीपर्स लोकल हमारे मार्स वाले होते हैं लोकल ज्वेलरी वाले होते हैं जितने भी जो खुद ही मालिक होते हैं खुद ही सब कुछ कर रहे होते हैं अपने कारोबार में और उनका कोई सिस्टमेटिक रोल प्ले नहीं होता उनके बिजनेस में बस यहाँ क्लाइंट आए यहाँ उसको उनको सामान दे दिए वो सफाई भी खुद करते हैं सब कुछ खुद करते हैं अपने बिज़नेस के या कहें छोटे स्टार्टअप्स की बात कर ले उनके अंदर बहुत सारी केसेस में ये देखा गया कि वो लोग बहुत ज़्यादा फ्री हो जाते हैं सेल्समैन के साथ या मार्केटर्स के साथ और उनको ये अच्छा लगता है तो कहीं पे आपको ज़्यादा रिलेशनशिप बनाना पड़ता है ज़्यादा उनसे मिलना जुलना पड़ता है कहीं पे गैप रखना पड़ता है ज़्यादा नहीं मिलना आपने तो उनके साथ वही कहता है हमारे साथ खाए पिए हमारे साथ हँसी मजाक करें वो आपको पाँच चालिया गुट को ऑफ़र करेंगे वो आपको देखेंगे अगर आप उनके लेवल पे उनके सस्टेनेबल लेवल पे आ रहे हैं तो वह आपसे अच्छे रिलेशनशिप्स भी बना लेंगे वो आपसे ट्रस्ट कर लेंगे दैन वो आप कुँ, उनको कोई प्रोडक्ट ऑफर करेंगे समाइम्स वो आपकी ले लेंगे अगर उनको ज़रूरत नहीं भी होगी चलो यार दोस्त दे हैं देर आए ले लो और कभी कभी ऐसा होगा उनको ज़रूरत होगी और आप ऑफ़र करेंगे तो जाहिर सी बात है वो तो फिर लेंगे ज़रूर तो हर जगह ज़्यादा फ्री भी नहीं होना और हर जगह ज़्यादा गैप भी नहीं रखना आपने सबसे पहले समझना है सामने वाले क्लाइंट को कि वो क्या चाहता है वो क्या मांगता है अपर लेवल के अंदर कुछ अलग प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं लोअर लेवल के अंदर कुछ अलग प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं आई होप आपको समझ आया होगा फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा टेक केयर गुड बाय अल्लाह हाफ